हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला मैं अपने चैनल पर ओलम्पियाड एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी कैसे की जाए वो बताती हूँ स्कूल सलेबस से चैप्टर वाइज मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करके उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर आती हूँ जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके और एक्सफॉल्ट हो सके उस चैप्टर में तो आज आग... तो आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर 6 स्टार्टिंग एंड सेटिंग डाउन आ कंप्यूटर इससे पहले हमने चैप्टर 5 तक कंप्यूटर क्लास फर्स्ट के चैप्टर को एक्सप्लेन करके उसकी प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर डाल चुके हैं आप उसे जाकर अवश्य देखें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि वह वीडियो आपको कैसी लगी और आप उसमें क्या चाहते हैं और हाँ दोस्तों इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे कंप्यूटर्स के अलावा आपको मैथ एंड मेंटल रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे आप वो भी देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वी फॉलो सटे स्टेप टू स्टार्ट अ कंप्यूटर हियर आर दो स्टेप्स स्टेप वन स्विच ऑन पावर स्विच स्टेप टू press the power button on ups it's step 3 switch on the cpu and it's step 4 press the power button on the monitor after switching on computer we desktop screen is display be follow step 2 set down a computer step 1 click on start button step 2 click on set dumb step 3 press the power button on monitor and step 4 switch off the ups step 5 switch off the main power off button thank you aaj ke liye itna hi इस चैप्टर से रिलेटेड बॉक्सिट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी जिसे आप देखना ना भूलें और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट बेल आईकॉन जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक यू